तो वीडियो में आज वापस खेलेंगे हम तो लेट्स गो बहुत सुंदर आया है टेक्नोबलेट है ना ये सुंदर टेक्नोलटी है ना बैठ पर कर दूर मैं आई पीछे गया गया जा से गिर मारो बदलो गिरा नीचे गिराया गिर गया लेकिन दो अच्छे ना एक को तो मारने थे ना मैं एक मेरे लिया लिया। मेरे लिया एक को अच्छा रखो ना सबका मार दिया करना अपने दो अपने hmm. अपनी जन पिला नहीं है रीडाला दिखाएगा का तो तो तो तो तो। मेगा तो तो तो तो तो तो खत्म तो कभी ना कभी से गिर गया मैं तुम्हें सामने आके आ गया तुम्हें तो गिर गया <laughs> बोला था मैंने मैंने पीछे पीछे ना? ना पीछे पीछे पीछे सी पीछे ग्रीन ग्रीन मैं वो कि आ चलो जीत गए हरे दोनों पे ये ही उनके वैसे हो आ रही आऊंगा खुशी आऊंगा मैं जल्दी आता उनके बेच पी ना नहीं ये, ये पे। गया गेटे, गेटे, गेटे। वाला के पे। ही के के गया एमराल्ड। वाला का बिल्कुल तो वहां से से है सामने गेम सारा ग्रेप लगा जी आपका तो तो मारे गई तो। डायमे कर